वेलकम टू आईडीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हुआ हूं, जो कि फिटर टेड थ्रोई की है इससे पहले मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट टॉपिक पढ़ाया हुआ था जिसका पार्ट वन कंप्लीट हुआ था आज मैं आपको हीट ट्रीटमेंट का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ जो कि पार्ट टू में लेकर के आया हुआ सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उष्मा उपचार क्या है सबसे पहले तो आश्चर्य को ट्रांसफॉर्मेशन और डीकम्पोजेशन करता है अब हम इसे सामान्य जानकारी में समझेंगे हीट ट्रीटमेंट एक ऑपरेशन है जिसमें धाप व इलाज को गर्म या ठंडा किया जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसे निश्चित गुण प्राप्त किए जा सकते हैं अब हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है हीट ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है देखिए, हीट ट्रीटमेंट का पर्पस है ब्रिटलनेस को कम करना ट्रीटमेंट जो हम करते हैं सबसे सब पहला पॉइंट है वेटलनेस को कम करना फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेन स्ट्रक्चर डिफाइन करना नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर्स है आसानी से मशीनिंग करने के लिए सॉफ्ट बनाने के लिए अब हम देखेंगे कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है यहां पर मैंने आपको तो पांच टाइप्स में डिवाइड करके दिखाया हुआ है अब मैं बारी बारी से एक एक का आपको एक ऐसा प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे ठंडा किया जाता है किसी भी मेटल्स को ठंडा करने के लिए भट्टी का ही यूज करते हैं अब हम देखेंगे कि एनिटिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है एनिटिंग जो हमारी करी जाती है एनिटिंग करने का पर्पस क्या है हार्डनेस कम करना सबसे पहला है हार्डनेस कम करना नेक्स्ट हमारा पॉइंट टेंडलिंग्स में मशीन बिल्टी बढ़ाना जो कि है इंटरनल स्ट्रेस कम करना आंतरिक तनाव कम करना बता दिया है हार्डविंग कम करने के लिए मशीन वृद्धि बढ़ाने के लिए ब्रिटेन समाप्त करने के लिए जो कि एक छोट रहा था पॉइंट Yeah. पहला हमारा है फुल एनलिंग पहला हमारा फुल एनलिंग है दूसरा हमारा है प्रोसेस एनलिंग तीसरा हमारा ये हमारे एनलिंग के चार भागों में जो डिवाइड किया गया है पहला फुल फुल एनलिन दूसरा है प्रोसेस एनलिंग तीसरा है स्पेरोनलिंग चौथा है एनलिंग। अब हम देखेंगे कि फुल फुल एनलिंग में होता क्या है इसमें हार्डनेस को कम किया जाता है हार्डनेस कम के लिए हम एरो नीचे लगाएंगे हार्डनेस कम किया जाता है इसके बाद में डक्टिलिटी बढ़ाई जाती है बढ़ाने के लिए हम एरो ऊपर साइड लगाएंगे ये अपनी अपनी पहचान है कि किसको किस तरीके से समझ में आता है मुझे जिस तरीके से समझ में आता है मैंने इस तरीके से याद किया है नीचे साइड पे एरो का मतलब है कि कम ऊपर का मतलब ज्यादा हार्डनेस कम करते हैं डिटी बढ़ाते हैं और इसका जो टेपरेचर होता, होता है 40 से चालीस डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यह जो हमारा किया जाता है लोवर क्रिटिकल टेपरेचर पर किया जाता है मतलब जो हमारा 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ये सी मतलब लोवर क्रिटिकल टेम्परेचर है नेक्स्ट हमारा प्रोसेस एनलिंग प्रोसेस एनलिंग में क्या होता है कोल्ड वर्क मटेरियल मतलब बिना डल कोल्ड वर्क मटेरियल अब दूसरा है कोल्ड नेक्स्ट एक फर्स्ट हो गया हमारा कोल्ड वर्ड मटेरियल वर्क मटेरियल अब दूसरा हमारा हो गया हार्ड दूसरा हमारा है हार्ड वर्क मटेरियल मतलब कोल्ड वर्क वर्क ियल का मतलब है यहां पर हमारा जो बिना गर्म और बिना ठंडा इसका मतलब होगा बिना गर्म बिना गर्म किए इसका मतलब है बिना ठंडा किए और ये जो लोअर हिटकर टेम्परेचर पर किया जाता है एलसीटी पर ये हमारा होगा प्रोसेस इस स्पेरोनलिंग स्पेरो में क्या होगा ये हमारे कार्बाइड के पार्टिकल्स यूज करे जाते हैं इसमें कार्बाइड पार्टिकल्स कार्बाइड पार्टिकल्स में इसका यूज करते हैं हम इसके बाद में हाई कार्बन का इसका जो है, है, इसकी है, इसका है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये करी जाती है इसके बाद में इसका जो तो टाइम होता है टोटल 6 से 8 घंटे कितना समय लगता है इस प्रोसेस को करने में एनलिंग जो जाती है टेंपरेचर इसका होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 850 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे करने में छह से आठ घंटे का समय लगता है ये हमारे चार टाइप में डिवाइड करे से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करी जाती है अब इसका हम देखेंगे। नर्म धातु धातु में में कठोरता पैदा करना हार्डनिंग कहलाता है। इस विधि को अपर तक गर्म करके पानी डालकर ठंडा किया जाता है जिससे कठोरता बढ़ जाती है अब हम देखेंगे कि हार्डनिंग भी जो है हमारे कितने भागों उसमें डिवाइड किया गया है इसको ठंडा करने की भी कैटगरी कैट है सबसे है हमारा पहले ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, इसके बाद में हमारा आता है वाटर। ब्राइन सॉल्यूशन वाटर इसके बाद में हमारा आता मॉल्टन salt pa ये हमारे ठंडे करने के प्रोसेस हैं सबसे पहला है ब्राइन सॉल्यूशन फिर वाटर फिर मोर्टन साल्ट फिर हीट ऑयल बार फिर मॉर्टन लोड बार मतलब इन प्रोसेस के द्वारा हम हार्डनिंग प्रोसेस को ठंडा करते हैं अब हम देखेंगे कि ब्राइन सोल्यूशन हो गया वाटर मॉल्टन साल्टे ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है और जो हीट बार है यह तीन डिग्री सेंटीग्रेड पर करा जाता है और नेक्स्ट हमारा मॉडल बार ये जो 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है ये तो हमारा ठंडा करने के जो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया Brine solution. अगर आपसे पूछा जाता है कि हार्डनिंग प्रोसेस में फास्ट पूलिंग के लिए क्या यूज करते हैं तो फास्ट पुलिंग के लिए हम ब्राइम सोल्यूशन का यूज करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉल्टन साल्ट पार मॉल्टन साल्ट जो कि हमारा लो कूलिंग है लो कूलिंग प्रोसेस है ये हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट है डिस्टोर्सन इन मटेरियल आकार में बदलाव के लिए आकार में बदलाव नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइनिंग करने का इंटरनल स्ट्रेस बढ़ाने के लिए आंतरिक तनाव नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रैक फॉर्मेशन मतलब दरार कम करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कम से कम जो कार्बन प्रेजेंट होता है वह पॉइंट फाइव परसेंट होता है 0.5 परसेंट कार्बन प्रेजेंट होता है मिनिमम ये तो हमारे हो गए हार्डनिंग के पर्पस की हार्डनिंग हम इसलिए करते हैं अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में टेम्परे टेम्परे का मतलब है अचानक ठंडा करना अब हम देखेंगे टेम्पिंग किस लिए हम करते हैं इसका पर्पस क्या है जो मटेरियल मॉर्टन साइड कंडीशन में पहुंच जाता है हम उन्हें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक के नीचे गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं अब देखिए इसका हाई इस पर्पस क्या है मॉर्टन साइट मार्टन साइड करते हैं फिर इसके बाद में एल सी टी मतलब लोवर किटकर टेम्परेचर एल सी टी का मतलब है lower critical temperature, इस एरो का मतलब है कम करना डाउन एरो का मतलब कम करते हैं और अप एरो का यह हमारा होगा कम के लिए ये हमारा होगा ज्यादा के लिए आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं लोअर किटकर टेम्परेचर कम करते हैं नेक्स्ट हमारा है स्लो कूलिंग मतलब जो इसे ठंडा करते हैं स्लो कूलिंग मतलब धीरे धीरे ठंडा करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो इसमें आता है डेक्टीलिटी बढ़ाते हैं डेक्टीलिटी बढ़ाते हैं नेक्स्ट हमारा इसके अंतर्गत आएगा टफनेस बढ़ाते हैं देखिए हैंचर कर कम करते हैं स्लो कूलिंग करते हैं डक्टिलिटी बढ़ाते हैं टफनेस बढ़ाने के लिए हम ये हमारा टेम्परिंग प्रोसेस होता है इसका पर्पस क्या है ये मैंने आपको बता दिया है नॉर्मलाइजिंग का परपज क्या है सबसे पहले मेन मेन चीजें देख लेंगे हम नॉर्मलाइजिंग कार्बन जो है पॉइंट एट थ्री परसेंट से कम होता है इसमें कार्बन का परसेंटेज इसमें जीरो पॉइंट एट थ्री परसेंटेज से अधिक होता है तथा सीमेंट लाइट के मिश्रण से नॉर्मलाइजिंग अब हम देखेंगे नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है इसका टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस किया जाता है के आदमी के आस्टेलाइट कंडीशंस में किया जाता है ये आस्टे की मौजूदगी में किया जाता है अब हम देखेंगे आस्टेलाइट में क्या होता है सल्फर S। अब हम देखेंगे ये एयर कूलिंग किया जाता है एयर कूलिंग de ग्रेन फाइन मतलब एरो ऊपर हो गया अब नेक्स्ट है इसमें डक्टिलिटी कम करते करते हैं